जी DJ DJ DJ DJ कुछ दिन जो गाल दिया था क्या हुआ बीजेपी इसको ना आपसे प्यार हो गया lo uh -huh. उस दिन जो लड़की था ना मुझे पैर के लिए माना क्यों क्या ठीक है कल तुम मेरे साथ चलना कहा कल तुम मुझे मंदिर के पास मिलना मैं कुछ दिखाऊंगी बाय बोल की जेट की बोल की